हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सके अमेरिका कुछ करेगा तो हम तीनों को परमाणु बम देंगे। <laughs> तो अमेरिका को कहते हैं यार तुम यार। तुमको नहीं मारेगा ये ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा हमको मार देगा यहाँ पर ये जगह देखिए ये जगह कौन सा भाई कोरिया कौन सा है कोरिया पहले कोरिया एक प्रायदीप था एक ही था कोरिया बाद में यहाँ पर शीत युद्ध हुआ रूस चाहता था कि उत्तरी कोरिया मेरे साथ आ जाए और अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी कोरिया उसके साथ आ जाए दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में उत्तरी कोरिया जीत गया था कौन जीत गया था उत्तरी कोरिया और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के 97% सेवन एरिया पर अधिकार किसका हो गया था उत्तरी कोरिया का किम जोंग जो देख रहे ना पगला उसका दादा था उस समय वहां का शासक पूरे सन्तानवे परसेंट एरिया संतानवे परसेंट एरिया कौन जीत लिया था उत्तरी कोरिया लेकिन अमेरिका आया और इतना भीषण बम्बार्टमेंट किया कि पीछे हटना पड़ा उन लोग को और बाद में दोनों के बीच में यूएनओ को ले लेकर अपाट दिया ऊपर वाला हो गया उत्तरी कोरिया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी उत्तरी कोरिया के पास परमाणु बम है और दक्षिणी कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है उत्तरी कोरिया में गरीबी भूखमरी है और दक्षिणी कोरिया में सुख समृद्धि शांति है दक्षिणी कोरिया बहुत ही ज्यादा डेवलप है यहाँ की बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंपनी है दक्षिणी कोरिया की सबसे फेमस कंपनी सैमसंग कौन कंपनी सैमसंग सैमसंग को लोग जानते हैं कि वो मोबाइल बनाती है लेकिन सैमसंग अपने टोटल इनकम का पाँच भी मोबाइल से नहीं करती है सैमसंग रियल इस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे बुर्ज खलीफा देख रहे हैं बड़की बड़की बिल्डिंग वो उस टाइप के स्काई स्क्रैपर्स बनवाती है बड़े बड़े हाईवे बनवाती है रियल इस्टेट में एयरपोर्ट टाइप का वो सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करती है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सैमसंग बहुत बड़ा है जैसे भारत में कैसे मुथूट फाइनेंस या बजाज एलियंस है, है कि नहीं प्राइवेट कुछ भी खरीदने जाइएगा बजाज एलियंस तुरंत कहेगा हमसे फाइनेंस ले लीजिए क्योंकि बजाज एलियंस के पास ज्यादा पैसा है बहुत ज्यादा पैसा अथा पैसा का कोई कमी नहीं है वहाँ पे अब देख रहा है कि लोगों के पास खरीदना है तो देखेगा वॉशिंग मशीन बारह का हमसे ले लीजिए ना हम आपके बदले पैसा दे देते हैं आप हमको साल भर बाद दीजिएगा तेरह हजार दीजिएगा तो लोग को भी लगता है कि भाई हमारे बदले पैसा कौन दे रहा है बजाज और हम उसको एक साल का टाइम भी ले रहे हैं और बारह हजार की जगह क्या दे रहे हैं तेरह हजार तो आपको लग रहा होगा कि इक्के हजार ना हुआ लेकिन ऐसे ऐसे उसके पास करोड़ों कस्टमर करोड़ों कस्टमर और करोड़ कस्टमर से अगर इको हजार जोड़ रहे हैं तो साल भर में सूझिएगा भाई एक करोड़ अगर इसे बांधते हैं एक करोड़ में छः को जीरो रहता है एक करोड़ एक नौ एक करोड़ कस्टमर है और एक करोड़ कस्टमर से अगर एक को हजार रुपए प्रॉफिट कमा रहा है तो तीन को जीरो जोड़ लीजिए एक दो तीन का हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब अथा पैसा है उसके पास बैंकिंग सेक्टर चला रहा है अपना ऐसे ही कौन है सैमसंग है दुनिया में बड़ा बड़ा फाइनेंस करता है तो ये लोग के पास पैसा है तो दिमाग लगाता है तो साउथ कोरिया बहुत डेवलप है मेट्रो कंपनी वगैरह वहां पे हर चीज डेवलप है उत्तरी कोरिया की राजधानी पियो उत्तरी कोरिया की राजधानी का राजा शासक पगला है वहां किंग जोंग पागल पूरा पागल है वहा परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद से फिर अमेरिका ने कहा कि दोबारा वो लेटेस्ट परमाणु परीक्षण करने जा रहा था दो ठो परीक्षण तो अमेरिका ने चेतावनी दिया कि अगर परीक्षण करोगे तो परिणाम भुगतना होगा करता है, है देखिये ये जो है आपका कौन देश है जापान ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है अमेरिका क्योंकि अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया तो जापान ने आप कहा कि हम अब सेना ही नहीं रखेंगे इतनी मौत हुई थी कहा कि कोई देश अगर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा ना तो हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे तो अमेरिका के लिए यही मौका था क्योंकि अमेरिका को काउंटर किसको करना था रूस रूस को। अब बताइए के पैताने बैठ के इससे अच्छा काउंटर कहां से हो सकता है कहा जापान से कि तुम्हारी सुरक्षा आजीवन कौन करेंगे हम करेंगे तो सुरक्षा बिना सेना का होगा यहाँ पूरी तरह किसकी सेना रहती है अमेरिका की किसकी अमेरिका का अब अमेरिका अब ये उत्तरी कोरिया किसका समर्थन में रहता है रूस के तो दक्षिणी कोरिया में किसकी सेना रहती है अमेरिका की। ताइवान में कि, ए, किसका समर्थन करता है अमेरिका का तो उत्तरी कोरिया कहता है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सके अमेरिका कुछ करेगा तो हम तीनों को परमाणु बम मार देंगे तीनों अमेरिका को कहते हो इधर यार तुमको नहीं मारेगा ये ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा हमको मार देगा उस पगला का कोई गारंटी नहीं मार देगा वो पूरा पागल है खतरनाक आदमी है तो उत्तरी कोरिया यहाँ पे अमेरिका हालांकि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका नहीं रहता तो कहीं पे भी खून खराबा नहीं होता जो रियलिटी है तालिबान को ट्रेनिंग अमेरिका ने दिया था रूस से लड़ने के लिए हथियार अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए पैसा अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए और दस सालों तक दिया रूस से लड़ने के लेकिन तालिबान का एक दोस्त था ओसामा बिल्ला <laughs> उसने मार दिया अमरीके को इवन ओसामा बिल्ला को ही पैसा किसने दिया अमेरिका ट्रेनिंग दिया अमेरिका लेकिन ये तो भैया आतंकवादी अगर आप सोचेंगे सांप पालेंगे सोचेंगे पड़ोसी को काटे तो पड़ोसी को भी काटेगा टहलते तो में आप भी घेरा गए तो आपको भी काटेगा उनको भी काट लिया वहां पर तो अमेरिका हर जगह नोटिंग की बताइए वियतनाम में कितना बम गिरा दिया सत्ताईस करोड़ वहां के लोग नहीं रहते हैं सत्ताईस करोड़ बम गिरा दिया वहां पे वो तो भगवान भला करे हो चिमीन का कहा सुरंग खोदो सब कहाँ घुस जाता था सुरंग में आ, अमेरिका की फौज निकलती थी सर सुरंग में से वो निकल के मार देते थे सर फिर सुरंग में चल जाते थे सर अमरीकवा ने सब किसी दिन एगो सुरंग खोज लिया सब तो जानबूझ के ऐसा सुरंग बनाते थे जिसको अमरीकवा क्या करे देख ले और उसमें जैसे घुसते थे सब उसके अंदर वो बारूद बिछा रहते थे धाए मार देते थे सब दफनाने की भी जरूरत नहीं रेडीमेड उत्तरी कोरिया पागल है यहाँ पे यहाँ इतनी भूखमरी हो गई है कि जितना अनाज चाहिए उससे कम अनाज है पैदावार की संख्या बहुत घट गई है फर्टिलाइजर नहीं है यूरिया की कमी है और पूरा देश इसको कोई यूरिया की सप्लाई नहीं दे रहा है तो इसने आदेश दिया कि हर आदमी डेली एक एक बोतल पिशाब देगा सरकार को ले आके तो जो अनो का पेशाब होता है ना उसमें दो क्या होता है यूरिया अब उससे यूरिया का क्या करेगा निर्माण करेगा अब फिर खेतों में क्या डालेगा यूरिया ये हाल हो गया उसका <laughs> वहाँ बाल काटने का नियम है कि आप इसी टाइप का बाल काट सकते हैं हमारा देखो बढ़ गया टाइम नहीं मिला अब कटवा लेंगे और वहाँ हम उत्तरी कोरिया में छः सात गो डिज़ाइन है आप इसी हिसाब से कटवा सकते हैं और जहाँ उल्टा सीधा कटवाएंगे तो सारे कटवा देगा कहेगा बिना बालेगा रहो और साउथ कोरिया डेवलप है इसकी राजधानी सियोल है सियोल एयरपोर्ट दुनिया में यात्रियों को सुविधा देने के लिए टॉप पर माना जाता है हालांकि जिद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब का क्षमता के हिसाब से बहुत बड़ा होता है मुंबई से और बराबर है तो बड़ा की बात नहीं करें यात्रियों की सुविधा देने के लिए और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सेकंड नंबर माना जाता है यात्रियों को सुविधा देने के हिसाब से या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है तो ये हो गया आपका कौन सा जगह साउथ कोरिया अब साउथ कोरिया के कुछ द्वीप है जिसको साउथ कोरिया कहता है मेरा है चाइना कहता है मेरा है चाइना की एक ही नीति है कि पूरी दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुचल के ही आगे बढ़ा गया है चाहे ब्रिटेन को देखिए दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा जर्मनी को देखिए दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा फ्रांस को देखिए दूसरे देशों को गुलाम बना के आगे बढ़ा रूस को देखिए अंधा धून महाराज प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में आगे बढ़ा अमेरिका को देखिए आज भी कूच के आगे बढ़ रहा है तो चाइना कह रहा हम का पीछे बैठे हम भी कूच देते हैं जो पहले मिला उसी को कूच देते हैं यहाँ पे मिल गए सभी सब बेचारे छोट मोट है सभी इन सब कोई रोकने वाला नहीं है माई बाप पूछ देता है कौन चाइना अब भारत को तो अब भारत भी उससे ज्यादा खुल के नहीं बोलता है हमारे यहाँ भले कोई विपक्ष में रहे तो भले कुछ बोल दे सबका छप्पन इंच का सीना पाकिस्तानी के लिए रहता है चाइना के लिए नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री की कितनी अजीब भाषण थी जब गलवान घाटी में लद्दाख में गए थे और कहते कि चाइना एक इंच भी नहीं घुसा दस परसेंट कश्मीर कब्जा कर लिया उन्नीस में और आप कह रहे हैं कि चाइना एको परसेंट नहीं घुसा है गलत बात है ना यहाँ पे अब हम भी उस समय कुछ नहीं बोले थे क्योंकि विवाद चल रहा था देश का मनोबल बढ़ाना था पूरे देश का सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते थे लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो चाइना के मैटर पर हम लोग भी क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये जगह कौन हो गया चाइना आइये उत्तरी कोरिया आइए